नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त शैलेंद्र कुमार बंसीवाल और आप देख रहे हैं सैलूची टेक्निकल दोस्तों आज हम उन पॉइंटों के बारे में बताएंगे कि कैसे हम यूट्यूब पर कैसे अपने मोबाइल में वीडियो बनाते समय कैमरे को फ़ेस करें बहुत सारे नए यूट्यूबर के सामने यही दिक्कत होती है कि वो कैमरे को फेस नहीं कर पाते यही वजह है कि उनका वीडियो अच्छा नहीं बनता तो आज हम उन पॉइंटों के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपने कैमरे को फेस करें सबसे पहले हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले हमें कॉन्फिडेंस के लिए उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए और पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि उसके बारे में कॉन्फिडेंस से बोल सके तो दूसरी बात यह है कि हमें कभी भी जल्दी उठाती और अड़बड़ी में वीडियो नहीं बनानी चाहिए तो कई बार क्या होता है कि हम घूमने जाते होते हैं तो क्या है अब शाम को आएंगे रात में बहुत लेट तो आप क्या करते हैं कि उस वीडियो को जल्दी बंद में चाहे जैसा बना देते हैं तो उससे क्या है कि हमारा वीडियो कुछ भी अच्छा नहीं बना होता तो उसके लिए क्या करें उस दिन वीडियो बने ना बने कोई बात नहीं मत बनाओ वीडियो उस दिन टाइम ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है पर वीडियो बनाए तो अच्छा बनाए तो उसके आगे आता है कि ऑब्ज़रवर ऑब्ज़रवर का मतलब है कि हम किसी यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं जिनमें वो एंकरिंग करते हैं उनके वीडियो को देखकर कर ऑब्जर्व करें कि उसमें से हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं ठीक कि फ़ोन है ना उसको फ्लाइट मोड पर रखें ताक, ताकि फ़ोन आए और मैसेज आए तो डिस्टर्ब ना हो तो ये भी एक तरीका है जिससे हम YouTube के कैमरे को फेस कर सकते हैं तो उसके बाद है कि कैमरे पर देखना चाहिए न कि डिस्प्ले पर बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं कि वह कैमरे पर न देख डिस्प्ले पर देखते हैं तो इससे क्या है कि मैं तो अभी कैमरे पर देखता रहा हूँ तो मेरी नज़र आपसे मिल रही है और जैसे नए देख रहा हूँ तो उन्हें लगातार बोलने में, में दिक्कत आती है तो वह या तो अपने पॉइंटों को हाईलाइट कर ले याद कर ले या किस किस बारे में बोलना है या वो ऐसा करे कि वीडियो को रोक रोक कर अपना वीडियो बना ले बाद में वो जैसे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे उनके पास एक्सपीरियंस आता जाएगा